हेलो गाइस हेलो एन होप आप सभी घर पे ठीक होंगे स्वस्थ होंगे तंदुरुस्त होंगे तो आज अपन शूट कर रहे हैं ब्लॉग थ्री अपने दोस्त के बड़े भाई की शादी है तो अपन सारे दोस्त मिल जा रहे हैं तो आप लोगों को का दिन घर में क्या होता है आप लोगों को दिखाते हैं चलिए राइस जाने दो <देल> <laughs> चलो भाई चलो गाइज तो अपन फ्रेंड नीचे वेट कर रहे हैं उन तो लोगों को नीचे गाइस so नीचे आने के बाद यहाँ पे शोब भाई को हमने बहुत देर इंतजार करा दिया है पंद्रह मिनट से शोब भाई इंतज़ार कर रहे हैं माफ़ी चाहते And Amit, भाई. भाई बताओ। हम, अमित भाई के भाई हम के की शादी में जा रहे हैं हम लोग कैसा लग रहा तो सब तो है सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा और के भाई आज है। अमित की ऐसी की तैसी करेंगे आज उसकी भी शादी <laughs> ये भी अमित सुन ले ब्लॉग देखेगा तू मेरे भाई को भी बोल लेना बच के रहे आज और हमारे साथ आयास भी है और बीच हमारे बहुत खतरनाक बीच चश्मे में आप देखोगे तो आप डूब मरे होंगे बहुत मजा आने वाला है आगे तो एकदम अभी अमित भाई का तो पूरा हिसाब होने वाला है और तो, तो, <laughs> तो आसिफ भाई ने तो हिसाब डाल दिया अमित का अब अयास से पूछते हैं अयास क्या बोलना चाह रहे हो देख हुए पानी के साथ बहुत अब ये है अमित आज तो गया है आज तो पूरा गया है आज अमित ये हमारे दूल्हे भाई अमित के भाई है ये इन्हीं की आज शादी और ये आज कटने वाले <laughs> <laughs> बकरीद से पहले गाइस hey तो हम जा रहे हैं रूम में फाइनली जहाँ पे हमारे अमीन भाई लोग पहुंच गए पहले मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ तो अब आपको रूम का नजारा दिखाते हैं के रूम में अरे ये हमारे दूल्हे साहब रेडी हो गए जिनकी आज छठवीं या सातवीं शादी भी है कौन सी शादी अपनी अच्छा पहली है पहले में ही लोग तोहबा कर ले रहे पहले में ही लोग तोहबा कर ले रहे दूल्हे वैसे अच्छा लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं इज आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग पर देखा कि अपन बहुत सारा डांस किए और बहुत ज़्यादा इंजॉय किए दिन भर का होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा प्लीज़ गाइज कीप सब्सक्राइब कीप लाइक एंड शेयर बाय बाय लव यू ऑल गाइज और हमारे बीच भाई कुछ बोलना चाहते हैं सुन लो फूल पनीर के साथ और इडली डोसा के साथ भाई भाई